दोस्तों गर्मी की शुरुआत होने वाली है और हम अपनी प्यास बुझाने के लिए या गर्मी से राहत पाने के लिए अब अलग अलग तरह के जूसेज या तरल पदार्थ या शरबत या शेक्स इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे बट क्या आपके ये जूस उतने हेल्दी हैं और क्या आप इन जूसेस को हेल्दी बना सकते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक मैं आपको कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट शेयर करूँगा जिससे आप अपने इस जूस को या लेमनेट को या शेक्स को या शरबत को बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं हम बात करेंगे उन तीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं अपने जूसेस के साथ तो आपको ये बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे आपके लीवर की हेल्थ को आपकी किडनी की हेल्थ को आपके इम्यून सिस्टम को और आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छे से ये मजबूत करेंगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप बात कर लेते हैं उन इनग्रीडियंट्स के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको समझना पड़ेगा कि इन इंग्रीडियंट्स को यूज कैसे करते हैं तो पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से इनग्रीडियंट्स हैं इनके बेनिफिट्स क्या है और बाद में हम बात करेंगे कि उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होगा जिससे आपको उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले तो पहला इनग्रीडियंट है दोस्तों जिंजर यानी कि अदरक अदरक के, के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं ये एंटी एमेटिक काम करता है यानी कि उल्टी आने की रोकता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है आपके लीवर की हेल्थ को ठीक करता है अगर आपका लीवर फैटी लीवर है तो उसमें से फैट को भी काटने का ये काम करता है और उसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लैमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं ये आपके जोड़ों के दर में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है तो आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है साथ ही साथ मर्दों के लिए ये वाइगर और वाइटिलिटी लेके भी आता है अगर आप अदरक का सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है एक ये भ्रांति होती है कि गर्मी में हमें अदरक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है अदरक आपको हमेशा फायदा करता है कंडीशन ये है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और अदरक का एक बहुत बड़ा फायदा होता है ये एंटी कार्सिनजेनिक होता है यानी कि कैंसर से लड़ने में मदद करता है जो कैंसर की सेल्स से हैं उनको किल करता है जो दूसरा इन्ग्रीडेंट होता है दोस्तों वो होता है सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं दालचीनी के भी बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं कंडीशन ये है कि आपको दालचीनी अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा प्योर दालचीनी आपको चाहिए होगा मार्केट में आपको मिल जाएंगे अमेजन पे या बहुत सारे दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स में दालचीनी आपको मिल जाएगा आपको साबुत दालचीनी इस्तेमाल नहीं करना है आपको दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करना है और थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमें कितना अदरक और कितना दालचीनी इस्तेमाल करना होगा दाल के अंदर भी बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं यह आपकी इम्यूनिटी को तो, तो बढ़ाता ही बढ़ाता है साथ ही साथ आपके लिए। कार्डियक हेल्थ के लिए यानी कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यह आपकी जो आर्टरीज़ हैं जो नसें हैं उनको सॉफ्ट करता है उनकी हार्डनेस को कम करता है उनके अंदर से डिपॉजिट्स को कम करता है कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट्स को कम करता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको एच कहते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाता है ट्राइग्लाइसराइड्स और जो बैड कोलेस्ट्रोल है जिसको ए कहते हैं उसकी मात्रा को घटाता है आपकी लीवर की हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव करता है और ये आपके डाइजेस्टिव एंजाम्स को सक्रिय करता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सिनामेन बहुत ही अच्छी दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप जूस पीते हैं तो जूस में मीठा होता है शुगर कंटेंट काफी अच्छा होता है तो अगर आप इसके अंदर सिनामेन मिला लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर के बढ़ने के खतरों को भी कम करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है डायबिटिक है तो उनको जूसेस नहीं पीने हैं हाँ नॉन डायबिटिक लोगों के लिए ये आगे खतरे को कम कर देता है और जो तीसरा बोनस इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है लेमन जूस।, लेमन जूस लेमन जूस के अंदर विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी आप जानते हैं कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ लेमन जूस आपकी किडनी की हेल्थ को किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है जिससे आपका किडनी का हेल्थ सुधरता है उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपके लीवर से फैट को हटाने में भी मदद करता है तो अभी तो हमने बात कर ली कि ये तीन इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से हैं और इनके फायदे क्या क्या होते हैं अब बात करते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करें चाय में तो आप सिंपली इसको उबाल के पी लेते हैं अदरक को या आप दालचीनी उसमें डाल देते हैं थोड़ी सी आ, या आप लेमन टी बना के पी लेते हैं लेकिन जूस को अमृत बनाने के लिए या जूस से बहुत ज्यादा फायदा लेने के लिए जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट देगा उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको आना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको करीब आधा से पौना छोटा चम्मच अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लेने होंगे उसको छीलने के बाद और साथ ही साथ आपको सिनेमेन पाउडर लेना पड़ेगा करीब एक चौथाई चम्मच और जो अदरक और सिनेमन पाउडर है उसको आप थोड़े से पानी में डाल के थोड़ी देर हल्की आँच पर उबाल दें जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाए इसको छान लें और इस छने हुए पानी को आप फ्रिज में रख सकते हैं और इसको अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटे के बाद आप इसको, इसको इस्तेमाल ना करें फिर से आप फ्रेश अदरक का और सिनेमन का जूस बनाएं अब आपको जो भी आप जूस पी रहे हैं आपने ले पी रहे हैं या आप कोई शेक पी रहे हैं किसी भी तरीके का आप मिक्स जूस पी रहे हैं फ्रूट जूस पी रहे हैं आप एक गिलास जूस ले लीजिए और उसके अंदर जो भी आपने ये अभी सिनेमन का और अदरक का जूस बनाया था आप अपने जूस में मिला दीजिए और उसके साथ जो आपने अलग से आधे लेमन का जूस रखा था उसको आप डाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जूस का स्वाद भी लाजवाब हो जाएगा ना सिर्फ ये स्वादिष्ट हो जाएगा बल्कि इससे आपको लाजवाब हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने ऊपर बात की तो ये आपके एक तो कार्डिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगा आपके हार्ट अटैक के खतरे को कम करेगा ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा आपके जोड़ों को दर्द में फायदा करेगा लीवर की हेल्थ को बढ़ाएगा और आपकी किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करेगा तो सोचिए अगर आप अपने जूस में ये तीन इंग्रीडियंट मिला लेते हैं तो कितने आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो आगे से आप गर्मी में जब भी कोई जूस पिएंगे, कोशिश करें कि आप इन इन्ग्रीडियंट्स को मिला लें और कम से कम एक बार दिन में जरूर इसको, इसको इस्तेमाल करें तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कोई अच्छी जानकारी मिली होगी अगर वाकई आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा लें सो so दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे थैंक यू धन्यवाद